हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी वीडियो को प्रीमियर करके अपलोड करते हो तो उससे क्या नुकसान होता है और और क्या फायदा होता है तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पर और उस वीडियो को मैंने प्रीमियर करके अपलोड किया था और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ की मैंने जो वीडियो अपलोड की थी वो शॉर्ट वीडियो थी मतलब एक मिनट से कम की वीडियो थी तो शॉर्ट वीडियो को प्रीमियर करके अपलोड करने से क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो शॉर्ट वीडियो को प्रीमियर करके er er अपलोड करने से सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है तो जैसे मान लीजिए आप कोई शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो उस वीडियो का थंबनेल दिखाई नहीं देता है लेकिन जब मैंने शॉर्ट वीडियो को प्रीमियर करके er अपलोड किया तो उसका थम्मेल दिखाई दे रहा है मतलब अगर आप अपनी शॉर्ट वीडियो को प्रीमियर करके अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियो का थम्मेल आपके सब्सक्राइबर को दिखाई देता है अगर आप नॉर्मल अपलोड करते हैं तो आपकी वीडियो का थम्मेल दिखाई नहीं देता है तो ये तो हो गया पहला फायदा लेकिन शॉर्ट वीडियो को प्रीमियर करके अपलोड करने से एक नुकसान हुआ है वो नुकसान भी मैं आपको बता देता हूँ तो तो बहुत ही कम आता है और ये शॉर्ट वीडियो पर ही नहीं नॉर्मल वीडियो पर भी इसी तरह होता है अगर आप अपनी लॉन्ग वीडियो को भी प्रीमियर करके अपलोड करते हैं तो उसमें भी ऑडियंस रिटेंशन कम आता है तो शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो दोनों को प्रीमियर करके अपलोड करने से ये नुकसान जरूर से होता है मतलब चाहे आप शॉर्ट वीडियो को प्रीमियर करके अपलोड करो या फिर आप लॉन्ग वीडियो को प्रीमियर करके अपलोड करो दोनों कंडीशन में आपकी वीडियो पर ऑडियंस रिटेंशन कम आता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं बहुत से लोगों का ये डाउट होता है कि अगर हम हमारी शॉर्ट वीडियो को प्रीमियर करके अपलोड करेंगे तो वो शॉर्ट फीड में जाएगी या नहीं जाएगी तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने मेरी वीडियो को प्रीमियर करके अपलोड किया था लेकिन शॉर्ट वीडियो को प्रीमियर करके अपलोड करने के बाद भी मेरी वीडियो पर शॉर्ट फीड से ट्रैफिक आ रहा है तो आप लोगों का ये डाउट भी मैंने क्लियर कर दिया कि अगर आप अपनी शॉर्ट वीडियो को प्रीमियर करके अपलोड करेंगे तब भी आपकी वीडियो शॉर्ट फीड में जाती है तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको अपनी शॉर्ट वीडियो को प्रीमियर करके अपलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो अगर आप अपनी शॉर्ट वीडियो में थंबनेल दिखाना चाहते हैं मतलब आप ये चाहते हैं कि आपकी शॉर्ट वीडियो जिसके भी सामने जाए उसको आपकी वीडियो का थम्मेल दिखाई दे तब आपको अपनी शॉर्ट वीडियो को प्रीमियर करके अपलोड करना है अगर आप अपनी शॉर्ट वीडियो में तमेल नहीं लगाते हैं फिर तो आपको प्रीमियर करके अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मैं आपके लिए यूट्यूब से रिलेटेड इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ अगर आपका यूट्यूब से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते है और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और भाइयों आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में मेहनत बहुत ज्यादा लगती है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो